तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास पे हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वी वी माइक्रो प्रोग्रामिंग और वी वी माइक्रो प्रोग्रामिंग के हम सेकेंड प्रोजेक्ट पे बात करेंगे हमारा जो सेकेंड प्रोजेक्ट है उस पर डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था तो हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आपके साथ तो क्या है चलिए हम आपको आज बताते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट है वो तो प्रोजेक्ट क्या है जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि जो तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि हमारे पास एक फाइल है और उस फाइल के ऊपर जो है हमारा एक 10-12 फाइलें बनानी है उसके अंदर वीडियो बनाना तो ये क्या है बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हुआ हैवी भी, भी है पुराने सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे है जो कि फाइल को डाउनलोड नहीं करता जी हाँ फाइल को डाउनलोड नहीं करता क्या करता है फाइल को एडिट करता है अगर मान लीजिए उस सॉफ्टवेयर से डेटा आपको चाहिए तो आपको फाइल का लोकेशन लेना होगा जहाँ से पूरा डेटा डालेगा वो खुद से फाइल क्रिएट करके नेम नहीं देगा जैसे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड हो जाता है वो चीज़ें नहीं होती तो उसी तरह के सॉफ्टवेयर के लिए हमें उसको 12 फाइलें देनी क्योंकि हम पूरे साल का डेटा डाउनलोड करने जा रहे हैं डे वाइज भी तो हमें पूरे साल का डेटा देना है तो हमें तीन शीट देनी है 12 फाइलों में मंथ के हिसाब से तो चलिए मैं दिखाता हूँ मैन्युअली सबसे पहले आप वीवी प्रोग्रामिंग जब करने चलते हैं तो करिए मैनुअल मैनुअल करके देखिए कि आखिर ये चीज़ मैनुअल कैसे होगा अगर मैनुअल हो जा रहा है तो आप इसको कर सकते हैं तो मेरी कंप्यूटर स्क्रीम दिखाई आप लोगों को हेलो ये सर देखिए। सर। चलिए एक्सल हम एक्सेल फाइल खोलते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें एक ड्राइव के अंदर जो भी ड्राइव आप सेलेक्ट करते हो उस ड्राइव के अंदर मान लीजिए 2020 का एक फोल्डर है इस 2020 के फोल्डर के अंदर में हमें 12 फाइल क्रिएट करना है ठीक है मान लीजिए ना आपके डेटा नाम को फोल्डर है तो मुझे क्या करना है मुझे करना है क्या बताता हूँ आपको इसमें एक फाइल क्रिएट करनी है पहली फाइल क्रिएट करनी है उसका नाम देना है मुझे जैन जैन दे दिया, अब मैं इसको ओपन करता हूँ इसके अंदर मैं जनवरी में इकतीस दिन होते हैं तो मुझे यहाँ इकतीस शीट ऐड करना है अब उसको रिनेम करना है थ्री फोर फाइव सिक्स इससे इस तरह से ऐसी 31 तक फिर फरवरी का बनाऊंगा फिर मार्च का बनाऊंगा तो भुवन जी समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है करना क्या चाहते हैं हेलो हाँ हाँ ये तो में आ गया था मेरे को तो लेकिन हुआ नहीं है ये समझ में आ गया था बनाते था तो आप हैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं नया विंडो इलेवन है तो विंडो इलेवन की जो सेटिंग है थोड़ा सा गड़बड़ है और मैंने इसको आज ही डाउनलोड किया है तो मैं इसको भी देख रहा हूँ मैं समझ रहा हूं इसको तो मैं यहां हम यहाँ डेवलपर टाइप में आते हैं और यहाँ से विजुअल बेसिक ओपन जाते हैं यहाँ एक छोटा सा पंगा है इसमें ठीक है ये मल्टीटास्क ऑप्शन है ये इसके अंदर यू के अंदर चलिए विंडो टेन के अंदर एक नया फीचर है तो सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे नूडल्स नूडल्स में यहाँ हम सब्जेक्ट देते हैं अब मैगनीफायर में ओपन कर देता हूँ तो सब्जेक्ट सबसे पहले अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि आ, मुझे यहाँ पे बारह फाइलें क्रिएट करनी है तो बारह फाइल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ डालूँगा var ब्रुप डोट एच डॉट सेव और लोकेशन कौन सा है हमारा फाइल्स कर रहा है तो लोकेशंस है हमारा एस ड्राइव के 2020 के अंदर डेटा नाम का फोल्डर बना हमने कोड यहाँ कर दिया यहां डाल दिया, स्लैश नाम होना चाहिए जैन फैन तो हमारे पास एक फॉमूला है एक होता है मंथ नेम नाम का फॉर्मूला जैसे एक्सेल में होता है मंथ नेम का फार्मूला होता है अब इस मंथ नेम को लिया और इस मंथ नेम को हमने कर दिया वन कॉमा ट्रू एट द रेटे डॉट एक्सएल एस एक्स अब इससे क्या होगा अगर मैं इसको रन करूं यहां से फाइव से रन कर सकते हो तो आप देखें कि आपके पास एक फ़ाइल बन गया जैन नाम का अगर आप लोकेशन पे आप जाकर देखते हैं तो जैन नाम का फाइल बन चुका है अब मुझे जो जैन नाम का फाइल बन गया है इसके अप, इसके अंदर जो है मुझे शीट्स ऐड करनी तो यहाँ पे हमने दे दिया शीट्स डॉट एड और यहाँ पे हम लास्ट में देते हैं काउंट माल लीजिए इकतीस अब यही पर एक प्रॉब्लम आती है सर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी इकतीस क्योंकि ऑलरेडी एक सीट इंसर्टेड है यहाँ पे। तो हम बोला कि भाई इकतीस सीट यूनी चाहिए कम ना ज़्यादा तो कैसे पता लगेगा तो इसके लिए एक्सेल में अगर पता लगाना है आपको तो एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है जैसे कि एक तो फार्मूला होता है आपका यहाँ पर जैसे हम वन दे दिया तो डेट का फॉमूला होता है डेट डेट फॉर्मूले में हमने ले लिया दो हजार इक्कीस इसको वन ले लिया और महीना वन और दिन वन तो यहाँ आता मंथ बन जाता मंथ का स्टार्टिंग डेट फिर ई मंथ का फॉर्मूला लेते हैं जीरो करते हैं इस महीने का लास्ट डेट बन जाता है फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट और डे नाम का फॉर्मूला है जिसमें से इकतीस अलग कर देता है ये चीज़ यहाँ पर करनी है तो यहां पर हम लिखेंगे d इक्वल टू यहां पर यहां पे d के अंदर d d के अंदर अप्लीकेशन क्या है कि कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो VVA को सपोर्ट करते हैं कुछ फॉर्मूले VVA को सपोर्ट नहीं करते हैं तो उस फॉर्मूले को हमें लाइब्रेरी से कॉल करना होता है एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ई ओ मन इसमें चाहिए डेट बात कीजिएगा वन स्लैश वन स्लैश ट्वेंटी वन कौमा तो ये इकतीस साल तो मैं यहां पे क्या कर दिया डी माइनस सी डॉट फाउ ये समझ में आया आप लोगों को सर किसी को डाउट है इसमें नो सर भुवन जी आपको नहीं no, सर अतुल जी आप डे फॉर्मल लगाओगे तो देखिए इनसे एक्सप्रेशन आ गया बट ईओ मंथ फॉर्मूला आप लगाएंगे तो एक्सप्रेशन नहीं तो जो फॉर्मूला एक्सेल का है आपको वीवी में अप्लाई करना है और उसका एक्सप्रेशन आपको नहीं दिख रहा है okay. तो उसको आप इस मेथड से अप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ करके लगा सकते हो ओके ठीक है ओके okay. okay. तो ईओ मंथ से डेट आ गया और यहां पर आ गया सी डॉट कॉम तो इससे क्या होगा कि उतना ही सीट ऐड होगा जितना नंबर ऑफ डेज है इसको एक बार रन करके भी आप देख सकते हो सॉरी माफ कीजिएगा ऑलरेडी इस नाम का फाइल फिर ड्राइव में है पहले इसको डिलीट करना और ये फाइल ओपन भी है तो हमें पहले जैन नाम की फाइल को अब कॉर्नामेंट को हम यहां से रन करते देखिए खैर हो गया सर इकतीस सीट पूरे अब इन सीट्स को करना है। तो सीट्स को रिनेट करने का कोड क्या है कोड है सीट्स पहला नंबर डॉट नेम इक्वल टू वन अब मुझे इस तरह से इकतीस कोड लिखने पड़ेगा यहाँ पे टू यहाँ पे टू यहां थ्री तो लेकिन तो गड़बड़ हो गई ऐसे तो हर फाइल के लिए अलग मैट को बनाना पड़ जाएगा मुझे तो यहाँ पे क्या है कि मुझे इसी इस कोड को इकतीस बार रिपीट करना है और जो वन टू थ्री है उसका नंबर को इनक्रीज करना है। तो क्या करें इसके लिए तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ लूप का इस्तेमाल हम लिखेंगे फोर i इक्वल टू चले वन टू मान लीजिए इकतीस और नेक्स्ट आर अब यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या है मैं एक बार अपनी जो फाइल है इस फाइल को डिलीट करता हूँ तो मैं एफ एड यहाँ पे होता है इसमें दिवर्क में, में स्टेप इनफो होता है एड तो एफ एड के मदद से मैं वन बाय वन रन कर रहा हुआ हूं एक, एक फाइल बन गई फिर उसके अंदर ये देखिए डी के ऊपर थर्टी वन हो गया तो यहाँ पे थर्टी वन माइनस जितना साइट वन है मतलब कि तीस सीट इंक्लूड हो गए अब यहाँ पे देखिए ये जो है आई एमपिट अभी क्या है आई इक्वल टू वन है।, है ना सर तो आई से यहाँ पे डी है ना सर ए बी सी डी ऐसे मान लीजिए आपका आई भी है तो यहाँ हम वन के जगह पे आई का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ भी हम आई का इस्तेमाल करते हैं। इसको करता हूं। तो देखिए एक सीट का टू हो गया तो इस दो सीट कर दिया फिर थ्री हो गया तो जितना बार लूप जो है इकतीस बार चलेगा मतलब इकतीस बार इस कोड को रन करेगा फोर लूप और ये जो आई है हमारा ये तो हर बार कितना बार लूप चल चुका है उसका रिकॉर्ड रखेगा ओके और फिर सारे सीट्स को रिने यहाँ से क्लिक कीजिए देखिए सारे शीट से वन टू समझ में आया आप लोगों को नहीं आया सर किसी को डाउट इसमें तो माइनस काउंट क्यों है काम क्या बोल रहे हैं सर ये जो डी माइनस डॉट काउंट क्यों है सर ये तो, सर, ये तो पहले समझा दिया था ना आपने बोला आ गया अभी बोलना नहीं आया नहीं नहीं थोड़ा सा तो हो गया, आ, 31 हो गया गया जो हुआ हुआ कि जिस महीने का फाइल ऊपर क्रिएट हुआ है उस महीने में नंबर ऑफ डेज कितना है okay. अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे जितना नंबर ऑफ डेज है उतना ही सीट क्रिएट करना है ना ज्यादा ना कम तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई जितना दिन है और जितना सीट ऐड है माइनस कर दो ओके ओके। ठीक। जैसे एक सीट यहाँ ऐड है ना सर तो इकतीस होगा और तीस सीट ऐड हो जाएगा तो तो ठीक ठीक सर और सबको <laughs> लेकिन यहाँ इकतीस तो फिक्स नहीं है ना हर महीने चेंज हो सकता है तो इकतीस डी कर दे दो डी भी तो इकतीस ही है ना सर Yes, yes, अब ये जो, तो जो है टू हो जाएगा। तो दूसरे महीने का हो जाएगा अब देखिये दूसरे में यहाँ रन करता हूँ तो दूसरे महीने की फाइल खुलेगी और दूसरे महीने के रनबॉ शीट एड होंगे और सारे आ गया अगर सर लेकिन मैं चाहता टोटल मैं फाइल भी क्लोज हो जाए तो यहां पे आप कर सकते हैं एक्टिव क्योंकि जो फाइल ओपन है वही आ, जो ओपन वह हुआ है वही एक्टिवेट है तो एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज और यहाँ पे सेव में आप ट्रू कर दिए तो प्रॉब्लम ये है कि इस माइक्रो को मुझे 12 बार रन करना पड़ेगा और 12 बार, बार क्या है हमें इसका नंबर चेंज करना होगा तो देखिए ऑटोमेशन में क्या होता है हंड्रेड परसेंट ऑटोमेशन और सेमी ऑटोमेटिक ये जो बना है इसको सेमी ऑटोमेशन कह सकते हैं इसमें आपको फाइल के पर अलग कर सकते हैं। अब मुझे फुल्ली ऑटोमेटेड करना है तो इस पूरे माइक्रो को हमें एक और लूप में रखना है लूप जे इक्वल टू चले वन टू नेक्स्ट जे जैसे यहां हमने आई को किया है और जैसे यहां जहां पे वन टू थ्री चाहिए वहां पे हमने जे आई यूज कर लिया है ऐसे यहां चाहिए तो मैं यहां जे यूज कर लेता हूं यहां चाहिए हमने जे यूज कर लिया अब देखिए मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ फाइल क्लो, बना क्लोज होगा बना क्लोज होगा क्लोज हुआ फिर तो दूसरा फाइल बना अगर आप इसमें जाके देखें फोल्डर में तो फाइल बनता जाएगा फोल्डर आपका दिखता जाएगा ठीक दिख है सर तो ये थी हमारी आपका वी वी प्रोग्रामिंग का सेकेंड प्रोजेक्ट तो इसको थोड़ा सा इसमें हमने वी वगैरह का यूज किया है हो गया अब जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले दें ठीक है सर इस कोड को आप अपने सिस्टम पे यूज करें इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करने की कोशिश करें अगर हो पाता है तो ठीक है नहीं हो पाता है तो मुझे कॉल करें हम आपको समझ गए सर